तो वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप लोग मान कर तो बहुत अच्छे होंगे स्वागत है मेरा नवका ब्लॉग में जो टुन्ना सरकार तो हम आज जा रहे हैं छत पे दिखाएंगे मेरा गांव कितना बड़ा है बहुत बड़ा गांव है आप देख सकते हैं और ये देखिए मेरा घर है और मैं जा रहा हूँ छत पे आपको दिखाते हैं रुक जाइए थोड़ा ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई मतलब ये देखिए ये है क्या बोलते हैं कटर है शायद <laughs> वो सॉरी सच कुमरा है में तेरे बाप को मत सिखा चल और आप देख सकते हैं देखिए ये है, मेरा खेती है वो धान सब है कौन है कहां से आते हैं और दिखाते हैं मेरा छत है वो छत्ता लगा हुआ है और देखिए गाछी कितना बड़ा हुआ है इसमें कली परसों में एक शेर निकला था <laughs> आप देख सकते हैं और वो जिसको चीता उता बोलते वही और देखिए मेरा यह सीढ़ी है और दिखाते हैं तो ये देखिए पीछे है इसी में से कल एक चीता निकला था जो देख सकते है सीतामढ़ी दरभंगा में माहौल बनाया हुआ है तेरे बाप को मत चल और देखिए हमें आप पीछे